अगर आप सुबह उठकर अपने काम को फॉलो करना चाहते हो और अपने जुनून को दोगुना कर अपने सक्सेज की दुनिया में धूम बचाना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना और अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करना क्या आपको पता है कि दुनिया के 90 प्रतिशत लोग बाधा तो कर देते हैं पर निभा नहीं पाते और बस यही वो रीजन है कि वो नब्बे लोग दुनिया के दस लोगों की जीवन भर गुलामी करते हैं जो आदमी अपने काम को सही समय पर करता है वो इस दुनिया पर राज करता है फ्रेंड, की आप कामयाब बन जाएगी बहुत से लोग अपने दिन की शुरुआत टेंशन के साथ करते है लेकिन तुम याद रखना की यह दिन नया है तो इसकी शुरुआत भी एक जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए अपने हर दिन को एक चैलेंज के साथ शुरू करो इससे आपको बाहर की परेशानियों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और तुम ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे रास्ते में अनेक मुश्किलें आएंगी जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेंगी लेकिन तब तुम अपने हर बहाने को साइड में रखकर गोली मार देना और अपनी परेशानियों को किनारे करते जाना और फिर शुरुआत करना अपने दिन की अपने डिजायर की क्यूँकि हर आदमी अपनी जिंदगी का नायक होता है उसे वही मिलता है जिसके वो लायक होता है ये बात लाइफ में हमेशा याद रखना कि हुनर सब में होता है लेकिन फर्क इतना है कि कुछ का छिप जाता है और कुछ का छप जाता है अगर तुम भी अपने हुनर को दुनिया में दिखाना चाहते हो तो दोस्त अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो क्योंकि गलत लोग और मुश्किलें हर आदमी की जिंदगी में आती है और बस फर्क इतना है कि सक्सेस लोग उन्हें तोड़ देते हैं और असफल लोग खुद टूट जाते हैं फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे नहीं तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत